नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आज मैं बताने वाला हूं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं खास करके एस एस सी जी डी के लिए प्रश्न क्या दिया किसी कुट भाषा में पी आर ओ एल को पच्चीस तिरानवे छियालीस लिखा गया है और सी ए सी ओ एल को चौरासी सोलह लिखा गया है लिखा जाता है तो उसी उसी भाषा में एल ओ सी एल को किस प्रकार लिखा जाएगा देखिए इसे किस प्रकार लिखा गया देखिए इसका एक इसक निश्चित कोड दिया है इसी कोड के माध्यम से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या दिए पी ई टी आर ओ यल क्या दिया, -E दिया है पी का क्या दिया दो दिया हुआ है e ई का पांच दिया हुआ है टी का नाइन दिया हुआ है आर का थ्री दिया हुआ है ओ का फोर दिया हुआ है यल का सिक्स दिया हुआ है इसी प्रकार इसका कह दिया है सी ओ ए यल सी का एट दिया हुआ है ओ का फोर दिया हुआ है ए का वन दिया हुआ है एल का सिक्स दिया हुआ है देखिए दोनों में से मिला के इसको हल कर सकते हैं। देखिए लोकल क्या होगा? है यल ओ सी एल तो क्या हो जाएगा यल कितने नंबर है? यल सिक्स दिया हुआ है एल का सिक्स दिया तो सिक्स दिया लिया जाएगा ओ कितना दिया है ओ फोर दिया तो फोर लिख लिया जाएगा सी कितना दिया सी एट दिया तो एट लिख लिया जाएगा ए कितना दिया है ए वन दिया है तो वन तो लिख लिया जाएगा यल कितना दिया है यल सिक्स दिया तो सिक्स लिख लिया जाएगा क्या दिया है सिक्स फोर एट वन सिक्स किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फोर एट सिक्स फोर एट वन सिक्स ऑप्शन नंबर बी से होगा दोस्तों इस प्रकार के उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरी संख्या से उसी संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले संख्या से संबंधित है पूछ रहा है कि क्या जिस प्रकार तेईस का संबंध पाँच सौ उन्तीस प्रकार सत्ताईस का संबंध किससे होगा प्रश्न चिन्ह के, के स्थान पर क्या आएगा इसे हल करते हैं देखिए क्या हो जाएगा तेज का स्क्वायर करेंगे तेज का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा तेज का स्क्वायर करेंगे तो पाँच आ जाएगा उसी प्रकार सताईस का स्क्वायर करेंगे तो जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर होगा वह आ जाएगा सताईस का स्क्वायर करते हैं सताईस की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सात सौ हो जाएगा सतनी किस ऑप्शन मिलता ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा सात दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे आप फसान से हल कर सकते हैं जय हिंद दोस्तों